हेलो गाइस कैसे आप लोग सब बढ़िया रहेंगे तो गुड मॉर्निंग और अभी एकदम सुबह सुबह उठा हूँ और अभी थोड़ी सी आवाज़ बैठी हुई है कि रात में ज़्यादा देर तक पढ़ ले जाता है सुबह मुझे ना पढ़ना पड़े मैं सोचा सुबह सिर्फ और सिर्फ स्रीप पूरा ब्लॉग करूँगा दिन भर दिन भर क्या ब्लॉक करेंगे मतलब मैं इधर उधर कहीं जाऊँगा तो उसके लिए आज मैंने कुछ नहीं किया मतलब ब्लॉक करने के चक्कर में मैंने पढ़ाई भी नहीं की और अभी मैं जा रहा हूँ दूध और तो ख़ारी लेने के लिए क्योंकि हम हम लोगों के घर में जितने भी लोग हैं ना सब अलग अलग चीज़ खाते हैं तो उसके हिसाब से मुझे लाना पड़ता है तो अभी मैं जाता हूँ वहाँ पे और उसके बाद आज आज का दिन मैं एकदम फ्री हूँ क्यों क्योंकि जो है मैं जो है सिर्फ़ और सिर्फ मतलब क्लासेस जाऊँगा और क्लासेस से आऊँगा और आज पूरा दिन भर मेरे पास ही फ़ोन रहने वाला है तो उस हिसाब से मैं अच्छी खासी ब्लॉग्स कर सकता हूँ आज मुझे एकदम ढंग से क्योंकि अभी मेरे पास दो दिन का छुट्टी है साइंस टू का एग्ज़ाम है मंडे को तो आज सैटरडे है और कल संडे है तो दो दिन का टाइम है मेरे पास तो उस हिसाब से मैं अच्छा खासा ब्लॉग कर सकता हूँ तो अभी चलते दूध और बटर लेके फिर घर के फट हो गया दुकान पे गया और पैसे ही नहीं लेके गया था अभी वापस जा रहा हो पैसे लेने तो कितना मतलब एक्साइटेड था ब्लॉग के लिए उस चक्कर में मैंने पैसे ही नहीं लाए तो अभी जा रहा हो घर पर पैसे ला सम तो दे दिया था पर पैसे ही नहीं देते तो अभी जा रहा यारो आप घर पे पैसे लाने अभी एटीएम टी एम कार्ड दिया हूँ ये देखो तो अभी जा रहा हो पैसे निकालने कितना टू हंड्रेड से सी, सिर्फ निकालना है टू हंड्रेड के लिए एटीएम टी एम जाना पड़ता है यार आज बिल्कुल भी कैश नहीं और उधर जहाँ पे मेरा भाई जा रहे हैं ना तो वहाँ पर कैश लगेगा तो उसके लिए जाना है ए और दो ही निकालना बोलते हैं दो सौ के सिर्फ दो ही निकाल के तो ज़्यादा नहीं छिखे मुझे और ये ए टी का है इसलिए टू हंड्रेड ही निकाल दस से ज़्यादा निकालेगा तो पापा अपा चिल्लाने लगेंगे ना डांटते मिडिल क्लास फैमिली में ऐसे ही होता तो है यार कभी चलते फटफट एटीएम से पैसे निकालते हैं फिर आपसे मिलते ही हमारा इधर का एटीएम टी एम है देखिए कितना तो प्रोसेस में टाइम जाएगा बहुत टाइम लगता है डॉट मूवी और कार्ड Banking English. Oh, twenty-five. Is my number select? Can I enter your PIN? Fast cash withdrawal. Fast cash. Two hundred. बहुत टाइम है जाते देखो अपने हाथ में वैसे अब इसको यहाँ से कट कर देते हैं फटाफट अवेलेबल बैलेंस ये पापा का अकाउंट कोई नहीं रिवील हो गया कोई बात आप। नहीं अपने दोस्त लोग अपने भाई लोगो यार आप लोगों को दिखाया कोई ये थोड़ी ना होता है बहुत ज़्यादा ही मुझे मज़ा आया क्योंकि बहुत दिन बाद मुझे सुबह सुबह मतलब सुबह बोलते हैं हमेशा मुझे गाड़ी नहीं मिलती थी तीन चार घंटे बाद ही मिलती थी मतलब तीन चार महीने बाद तीन चार घंटे के तीन चार महीने बाद एक बार गाड़ी चलाने मिलती थी आज फाइनली मैंने बहुत मस्त गाड़ी चलाई एक बार पप्पा को मतलब छोड़ के आया स्टेशन अभी भी गाड़ी में इंजन में से आवाज़ आ रही थी सुने फिर मैंने मस्त जस्ट अभी गाड़ी चला के गाड़ी बहुत ज़्यादा ही गंदी हो गई तो एक बार इसको धोना है और धो के फिर इसका फिर से आज शाम को अगर मूड बनेगा ले जाने का फिर ले जाएंगे सुबह क्या बोला था आप लोगों को ये क्या हो गया एक मिनट सर मैंने सुबह बोला था कि जो है आज मैं पूरा दिन फ्री हूं क्योंकि मेरे पास दो दिन का छुट्टी का टाइम है तो अभी मैं क्लासेस गया था तो क्लासेज में जाने से मालूम है क्या हो गया सर ने इतना सारा होमवर्क दे दिया इतना सारा होमवर्क दे दिया ना? मैंने सोच भी नहीं सकता था कि इतना सारा होमवर्क भी दे सकते कि बोलते ये पढ़ लो ये पढ़ लो ये पढ़ लो सब एग्ज़ाम में आएगा तो मैंने सब पढ़ लिया एक भी नहीं छोड़ा तो अभी वही अभी थोड़ा बहुत बाकी वो सब पढ़ना है तो आज मैं कहीं भी नहीं कहीं भी नहीं जा पाऊंगा और कल ही नहीं जा पाऊंगा संडे तो कल के दिन भी मैं कहीं नहीं जा सकता तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते आई होप सबको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो वीडियो अच्छी लाइक कॉमेंट्स शेयर और चैनल पर न तो सब्सक्राइब करो यार आपको तो पता ही है